कोई शहर था जिसकी एक गली मेरी हर आहट पहचानती थी कोई शहर था जिसकी एक गली मेरी हर आहट पहचानती थी